तो आइए अब इस ट्यूटोरियल के दूसरे सवाल को देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेशर अब 26 सिक्स है और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रेशर और टेम्परेचर दिए हुए हैं और इससे सीधे देखते हैं कि प्रेशर पी क्रिटिकल या क्रिटिकल प्रेशर से अधिक है जो 22 टू है तो 22 टू से ट्वेंटी सिक्स अधिक है और इसलिए हमें पता है कि प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से अधिक है और हम भी यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेचर टी क्रिटिकल से कम है टी क्रिटिकल वैल्यू 370 डिग्री सेंटीग्रेड है आप इन दो पैरामीटर से समझ सकते हैं यह पॉइंट इस जोन में कहाँ पर होगा तो आइए इस सवाल को हल करें और वास्तव में हम इस सवाल का प्रत्यक्ष उत्तर देख सकते हैं लेकिन हम स्टीम टेबल्स का प्रयोग करके भी इसे हल कर सकते हैं इसलिए प्रश्न संख्या टू P इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पी ए और T इज इक्वल टू टू डिग्री सेंटीग्रेड है यह सवाल है जैसे कि मैंने कहा हम जानते हैं कि P क्रिटिकल से P अधिक है क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पी क्रिटिकल इज इक्वल टू लगभग 22 टू पानी के लिए होता है अब अगर मैं अभी पी डायग्राम पर डायग्राम बनाऊं यह मेरी एल लाइन है मान लीजिए टीपी से सीपी और इस पैरामीटर से संबंधित सीपी पॉइंट से हमें यह 373 सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में लगभग मिल गया है और यह 22 टू है क्योंकि पी क्रिटिकल से पी अधिक है और टी 200 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टी क्रिटिकल से कम है इसलिए मैं टेम्परेचर के इस तरफ हूँ और मेरा प्रेशर इससे अधिक है माना कि यह 26 सिक्स है इसलिए 26 सिक्स और 373 सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड से कम है इसलिए मुझे यकीन है कि मेरा पॉइंट यहाँ कहीं स्थित है क्योंकि मान लीजिए 273 सेवेंटी यहाँ कहीं पर है जैसे 373 की तुलना में 200 हंड्रेड यहीं कहीं पर है तो यहाँ से मैं स्पष्ट रूप में कह सकता हूँ कि यह मेरा सबसे कूल्ड रीजन है सब कूल्ड रीजन या कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन इसलिए जानते हुए भी सीधे से महसूस कर सकते हैं कि पी क्रिटिकल से पी अधिक है और टी क्रिटिकल से टी कम है मैं जानता हूँ कि यह सब कुल रीजन में है इसलिए प्रत्यक्ष उत्तर गुणात्मक रूप से यह उत्तर प्रत्यक्ष मिल सकता है तो आइए अब हम स्टीम टेबल का प्रयोग करते हैं और स्टीम टेबल नंबर एक पर जाते हैं T इज इक्वल टू तो टू डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पता लगाएं, P सेट T क्या है तो हम स्टीम टेबल नंबर एक देखते हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टी पर पी सेट टी क्या है देखते हैं तो पता लगाइए टेबल दो से निर्धारित कीजिए और वैल्यू देखिए इसलिए यह टेबल नंबर एक है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि टी इजिकल टू टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पी सेट टी वैल्यू 1.5549 पॉइंट है यह वैल्यू केवल लिखिए और दोबारा गणना के लिए वापस आइए तो मैं यहाँ से पी सेट टी वैल्यू लिख सकता हूँ और इस पी वैल्यू की तुलना पी सेट वैल्यू के साथ करता हूँ इसलिए पी हमारा 26 सिक्स है और पी सेट टी वन पॉइंट है तो पी सेट टी वन पॉइंट के समान है इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा पी सेट टी से पी अधिक है इसलिए यदि आपको याद है यह या पी सेट टी है मान लीजिए इस 200 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इससे संबंधित यह पी सेट टी है और इसलिए क्योंकि पी सेट टी से पी अधिक है हम प्रत्यक्ष इस क्षेत्र में हैं अब उत्तर आता है कि हम सब कूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड जोन स्थित हैं यही उत्तर है आइए हम उत्तर सूची देखें तो मैं स्थिति केस संख्या दो के लिए सीरियल संख्या यहाँ लिखूंगा P इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स एम और T इज इक्वल टू टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड हम सब कूल्ड या कॉम्प्रेस्ड लिक्विड में हैं। आइए अब हम तीसरा सवाल देखें जो P इज इक्वल टू टू बार है एस इज टू सिक्स किलो जूल पर केजी के है तो अब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास P और T वैल्यूज नहीं है जो मुझे दिया गया है वो है प्रेशर एंट्रोपी, जो कि अब थोड़ा मुश्किल इसलिए पी इजिकल टू 2 बार या 0.2 पॉइंट और S इजल टू सिक्स किलो जूल पर केजी जी है आइए अब यह सवाल देखते और इसे हल करते हैं इसलिए प्रश्न संख्या तीन इजिकल टू टू बार है और S इजिकल टू सिक्स किलो जूल पर केजी जी है अब हमें P और T की जरूरत नहीं है जैसा कि साधारणतः हम चाहेंगे क्या यह वहां नहीं है क्या हमारे पास S है इसलिए मुझे क्या करना होगा मैं P इजिकल टू टू बार पर जाकर तदनुसार एंट्रापी वैल्यू का पता लगाऊंगा जो कि एस और एस के संबंध में है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन सैचुरेटेड वेपर लाइन और फिर यहाँ दी हुई एस की वैल्यू की तुलना एस एफ और एस जी के साथ करेंगे तो पी इजुगल टू टू बार पर जाते हैं और एस एफ और एस जी की वैल्यू हासिल करने की कोशिश करते हैं तो पी इजुगल टू टू बार अर्थ में फिर से टेबल संख्या दो को देखूँगा क्योंकि इस केस में प्रेशर बेसिक आधार है इसलिए यह टेबल संख्या दो है जहां बेसिक प्रेशर आधार है और अब हम 2 बार या 0.2 पॉइंट पर जाते हैं तो अब हम यहां देख सकते हैं हम इस पॉइंट 0.2 पॉइंट पर हैं, और अब मैं यहां एंट्रोपी देखना चाहूंगा यह वॉल्यूम एनर्जी एंथोल्पी और एंट्रोपी है एंट्रोपी के नीचे हम देख सकते हैं कि आपको एस और एस मिल गया है सेचूरेटेड लिक्विड लाइन और वेपर लाइन तो आइए हम यह दो वैल्यू एस और एस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टेबल संख्या दो से हमें यही वैल्यू उपलब्ध है तो 0.2 पॉइंट पर मेरा एस 1.5302 और एस 7.1269 है आइए हम यहाँ दो वैल्यूज़ एस और एस को लिख लेते हैं और फिर हम इनकी तुलना सवाल में दिए हुए एस के साथ करते हैं तो हमें मिला है p इजक्ल टू जीरो पॉइंट के लिए एस है एस एफ इजक्वल टू वन किलो जूल पर के जी और 7.1269 पॉइंट वन टू किलो जूल पर के जी कैलविन है एस की दी हुई वैल्यू 6.2 पॉइंट टू किलो जूल पर के जी है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि एस से कम एस है और एस से कम एस है यह एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमें एस और एस की वैल्यूज के साथ मिला है ठीक है आप ध्यान यहाँ दीजिए हमें एस एफ यहाँ मिला है और एस जी यहाँ मिला और दिया हुआ एस इस एस और एस के बीच में स्थित है हमारी एस वैल्यू 6.2 Sg जी वैल्यू सेवन और sf एफ वैल्यू वन है और इसलिए हम कहते हैं कि 6.2 पॉइंट से वन कम है जो कि 7.12 से कम है अर्थात यह दो फेज़ रीजन है यह सेचूरेटेड लिक्विड वेपर लाइन के ऊपर निहित होगा और यह गुम्बस के अंदर निहित होगा अर्थात यह दो फेज़ रीजन है तो इस सवाल का उत्तर है यह एल लाइन पर निहित होगा और हम इससे संबंधित गुणों को प्राप्त करने जा रहे हैं यह दो फेज रीजन का है इसलिए वापस आते हुए निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम सेचुरेशन लाइन पर हैं या हम यह कह सकते हैं कि हम वेट वेपर रीजन में हैं तो तीसरा सवाल जो हमने हल किया वो पी इज इक्वल टू टू दो बार S इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट किलो जूल पर केजी जी है यह एलवी वी लाइन पर या वेट स्टीम है जो भी आप लिखना चाहें वह लिख सकते हैं यहाँ तक कि दो फेज रीजन भी जहाँ लिक्विड और वेपर अवस्था के साथ हैं लेकिन साधारणतः सेचूरेटेड लाइन पर और वेट स्टीम या दो फेज रीजन हो सकता है सब सही हैं